सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल को अब तक आपने देखा अभी देखा नहीं नहीं वो तो डॉक्टर ही देखेंगे मैं उन्हें बुला लाती यह सब आप पिछली कड़ी तारक अस्पताल में देख चुके होंगे अब आगे लगता है डॉक्टर आ आगे हाँ तो क्या प्रश्न है ये दोनों घायल हैं तुम गोली दे दो ठीक है गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ पागल हो क्या कैसी गोली दे रही हो वही जो आपने कहा तुम गोली रहने दो दवाई दे दो ठीक है तो दवाई पियो पीने के किसी को नहीं होता मगर दवाई तो पीनी ही पड़ती है अभी आँख मोती भी क्या पीली नहीं भूरी है देखो देख। तो नहीं तो खाम खा मुझ पर आरोप आ जाएगा की मैंने कुछ और ही पिला है, है ये बापरे तो मैडम इंजाम देकर चले गई अरे मैडम मरीज मैड़े को पिलाना है कि शराबी को नहीं मैं नहीं, मैं नहीं, मैं शराबी शराबी शराबी नहीं नहीं नहीं मुझे पता है मगर शायद पता नहीं था तो को के चले गए नशा शराब नहीं होता तो। नशा में होता, तो कहाँ होता है तो खेत में मिलेगा न में मिलेगा इंसान में मिलेगा ऐसे ही पसीनों के निर्माण में मिले तो क्या हर इंसान शराबी है कोई थोड़ा कोई ज़्यादा इतने सारे शराबी और इतनी छोटी बोतल ओह तो उसमें शराब है ही नहीं तो क्या है इसमें एको नहीं जोड़ो oh, no! आ सही पकड़े हैं आई लाइक इट आने वाली कड़ी में देखे हो, हो। नमकीन भी दूंगी नहीं हाँ प्याज भी दूंगी मेरी सहेली नहीं, बावरी क्यों गई है जानने के लिए जरूर देखें अगर आप भाग